कहा से हो आप से से हो मैं आपके दिल से <laughs> तो कैसे हैं आप लोग आज हम लोग जाने वाले हैं YouTube की अंधेरी गली में जहाँ पे हाथ में खंभा रगड़ने वालों का आना जाना लगा रहता है इससे बोलते हैं क्यूट ये एक ऐसी अंधेरी गली है जहाँ पे हमें भी खंभा रगड़ना पड़ेगा ये वीडियो भी देख रहा हूँ इसके बाद में खंभा रगड़ने जरूर जाऊंगा क्यूँकी ये वीडियो देखने के बाद खंभा रगड़ने का मन होगा एक बार इनके चैनल पर व्यूज देखो और फिर मेरे चैनल पर व्यूज देखो कितने कितने व्यूज आ रहे हैं इन चलिए दिखाते, दिखाते हैं आप आप लोग पहले हमारे देश में मोटरों की संख्या कितनी अधिक हो सकती है और यही हमारे चैनल पर देखेंगे तो सौ पचास दो सौ व्यूज और इनके चैनल पर देखिये सब मिलियन में व्यूज जा रहे है तो और हम लोग घंटा हिला रहे हैं चलिए अपने चैनल पर आप लोगों दिखाता हूं। सेवन डेज हो दो और आगे भी दिखाता हूँ दिखाता हूँ नो व्यूज इसमें आप लोग कितने कम कम व्यूज आए इससे पूरा यकीन है की देश में संख्या बहुत ज्यादा हो जाए भाई भाई। तो नाम भी लेना चाहता था मैं फिर भी ले गया व्यूज तो ऊपर से यूट्यूब दिया इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे दो मिलियन लाइक चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में चाहिए तो लाइक मारो अगर तुम लोग नए हो सब्सक्राइब करो जो वाला बन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोबती मुझे नहीं पता बसली खुदाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे पैसों के पीछे भागना है बाइाय